बड़ों को प्रणाम और मित्रों को नमस्कार नमस्ते दोस्तों मैं दीपांकर भारत पार्टी की ओर से दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं देश बदलने का समय हमारे पास पहले भी था आज भी है और बाद में भी रहेगा लेकिन प्रश्न ये है अब तक जो बदलाव होने चाहिए थे देश में वो क्यों नहीं हुए मैं यहाँ किसी की आलोचना करने नहीं आया पर इतना बता देना चाहता हूँ कि मोदी सरकार से पहले की बात कर रहा हूँ चुनाव चुनाव चुनाव लेकिन किस चीज़ का चुनाव हमारे देश के भाग्य का या हमारे भाग्य का या कुछ और सत्ता हमारी सरकार जनता की पर चुनने को हमें पाँच साल में एक बार ही क्यों मिलता है अगर कोई चुनाव में गलती हो जाए पाँच साल ढोना क्यों पड़ता है पाँच साल ढोना क्यों पड़ता है मैं कोई प्रवचन देने नहीं आया मैं आपको चुनाव का सही तरीका समझाने आया हूं। आपने बहुतों की बहुत बातें सुनी होंगी उनमें से आपको वो बातें याद रखनी पड़ेंगी जो आपको जोड़ता है जो जोड़ने की बात कहता है आपने उनकी बातें भी सुनी होंगी जो आपको बांट के राज करने की इस फिराक में हैं। समझना आपको ही पड़ेगा क्या सही है क्या गलत है कौन आपको जोड़ रहा है कौन आपको तोड़ रहा है सत्ता ऐसे व्यक्ति के हाथ में होना चाहिए जिसके होने से सभी खुश रहें सभी आराम से रहें, चैन से रहें फिर से कहता हूं, मैं किसी की आलोचना नहीं कर रहा हूं, पर परिस्थिति ऐसे ही है आकलन करना बहुत ज़रूरी है किसके होने से सबका विकास हो रहा है किनके होने से अब तक वो संभव नहीं हुआ आप सोचिए जो सबके साथ चल रहे हैं सबका विकास करा रहे हैं वो हैं असली देश के नायक जो सबको ले कर नहीं चल सकते वो सरकार घातक हो सकता है आप सोचिए अगर आप सोचते हैं आप पढ़े लिखे हैं आप होशियार हैं आप बहुत मॉडर्न हैं तो ये आपकी गलतफहमी है आपकी सारी गलतफहमी दूर हो जाएगी ज़्यादातर पार्टियां अपने पुराने स्वरूप में ही हैं अपने पुराने धर्रे पे ही चल रही हैं अभी आपके मन में एक प्रश्न ने, ने जन्म लिया होगा आखिर सही आदमी सही प्रत्याशी कैसे चुनें? बड़ा ही आसान है उनके कर्म को देखिए उनके कर्म से कितनों को फ़ायदा हुआ है कितनों को नुकसान हुआ है किसके कर्म कैसे हैं उसी से आप अच्छा इंसान बुरा इंसान पहचान लेंगे बड़े ही आसानी से ये हमारी प्राचीन पद्धति है अच्छे इंसान के कर्मों से किसी को भी नुकसान नहीं होता है पर एक बुरा व्यक्ति के कर्म से कितना भी अच्छा कर ले किसी न किसी को या अनेकों को नुकसान होता ही है उदाहरण स्वरूप मोदी जी को देखिए मोदी जी के हर कर्म से हर काम से सभी को फ़ायदा हुआ है किसी को भी नुकसान नहीं हुआ है मुझे राज्य नहीं दिखाई देते अभी पाँच राज्यों में चुनाव है लेकिन मुझे देश ही दिखाई देता है राष्ट्र ही दिखाई देता है राष्ट्र के लिए पांचों चुनाव बहुत जरूरी हैं राष्ट्र निर्माण के लिए जरूरी हैं आप कृपया अपने धैर्य से सही प्रत्याशी को वोट करें आज देशभक्त होने से भी ज़्यादा जरूरी है राष्ट्रभक्त होना राष्ट्रपति राष्ट्र के प्रति समर्पित होना अगर आप मेरे विचार सुनना चाहते हैं मैं मोदी जी को वोट करने के लिए कहूँगा क्योंकि वही है जो सबको लेके चल रहे हैं पूरे देश के लिए वही ज़रूरी है राष्ट्र निर्माण हो रहा है मैंने मोदी जी को 25 साल दिए इस देश को एक प्रखर राष्ट्र बनाने के लिए हमारा गौरव हमारा मैंने मोदी जी को 25 साल दिए मेरे इरादे में कोई बदलाव नहीं होगा सिर्फ एक काम के वजह से उन्होंने कश्मीर को देश से जोड़ा कश्मीर को मुख्य धारा में लाए तीन हटाए यही काम उनको 25 साल दिलवाने के लिए अनेक हैं बाकी और कुछ देखने की जरूरत ही नहीं 25 साल के लिए मोदी जी देश को एक सुंदर राष्ट्र बना रहे हैं इस कार्य में हम सभी को उनका साथ देना चाहिए हमारे प्रधान सेवक को कुछ साल और दीजिए अब तक आपके मन में एक और प्रश्न आ चुका होगा मैं भारत पार्टी का होके मोदी जी को सपोर्ट क्यों कर रहा हूँ मोदी जी भारत के हैं जननायक हैं पार्टी से कोई लेना देना नहीं है पार्टी आती रहेंगी बनती रहेंगी बिगड़ती रहेंगी ये देश रहना चाहिए ये राष्ट्र रहना चाहिए भारत पार्टी के बारे में विस्तार से आपको किसी और दिन बताएंगे फिलहाल आने वाले चुनाव में मोदी जी को बहुमत से जिताइए और देश को बनाइए बस एक बार मन से राष्ट्रवादी होकर राष्ट्र के लिए समर्पित हो जाइए और राष्ट्रभक्त मोदी जी को वोट करिए ना बाटिए ना बटिए एकजुट रहिए मेरे ख्याल से हम ही इसके जिम्मेदार होते हैं सच्चे सनातनी बन जाइए सभी सनातनियों को समय के साथ चलना है समय की जरूरत पूरा करना है अब तक आप समझ ही गए होंगे मैं भी एक राष्ट्रभक्त सनातनी हूँ मेरे भाषा पे मत जाइए मैं एक ब्रिजवासी हूँ मेरा एक निवेदन है सभी कार्यकर्ताओं से आप धरातल पे उतरिए, जमीन पे काम करिए ज़मीन से जुड़िए सहजता से मत लीजिए सब कुछ कष्ट से ही प्राप्त होता है मेरा एक निवेदन सभी राष्ट्रभक्त भाई बहनों से है कि आप सभी वोट देने ज़रूर आएँ चाहे आप प्रदेश से बाहर हैं, चाहे आप देश से बाहर हैं, वोट देने ज़रूर आएँ कहीं ये आखिरी मौका आपके हाथ से निकल ना जाए वोट देने अवश्य जाएं। आपको हमें ये फैसला लेना है हमें ऊपर जाना है या नीचे अभी जहां ऊपर हैं उससे ऊपर या बिल्कुल नीचे जय सनातन राष्ट्र जय भारत